Top माइंड Minecraft logic that you do not accept. आप सबको पता है कि हम लोग अगर मैगमा ब्लॉक के खड़े हो रहेंगे तो हमें डैमेज पड़ेगा देखिए तो लेकिन हम लोग क्राउच करेंगे तो हमें कोई डैमेज नहीं पड़ेगा मतलब यार इसका मतलब क्या है, है। हमारा सेकेंड लॉजिक है कि हम लोग अगर सुनो कैक्टस के बाजू में सुनो लगाएंगे तो वो टूट जाएगा लेकिन उसी के बाजू में अगर हम लोग उसके बाजू में हम लोग अगर टॉप स्नो लगेंगे तो इन कैक्टस को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा देखिए सब्सक्राइब कर लो अच्छा चैनल